फ्रेंड्स आप में आपका स्वागत है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आज आप लोगों को क्या बताने वाला आप थंबनेल में देख कर पता कर सकते हैं और आज आपको बताने वाला हूँ थम्बिल कैसे बनाते हैं और कौन ऐप से बनाते हैं बहुत सारा होता है क्या? कि आप थम बनाते हैं तो थम्बिल के लोगों आपका उसमें शो करता है जो जिस ऐप से आप बनाते हैं थैम्बल उसका लोगो पर लिया जाता है तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि थैम्बल जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो उसका आपका वीडियो के आगे जो आपका शो करता है वो शो का थैम्बल करते हैं जो थैम्बल अच्छा लगता है तो वीडियो वाच रहता है और वीडियो को खोल कर देखता है ठीक है तो आज आपको बताने वाला हम थैम्बल कैसे बनते हैं और कौन ऐप से बनते सबसे तो सब पहले आप मेरे मोबाइल पर जाइए मोबाइल आप अपने मोबाइल पर जाइए अपने मोबाइल पर जाकर प्ले स्टोर को सर्च प्ले स्टोर में सर्च कीजिए ठीक है तो प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है थैम्बेल मेकर ठीक है थैम्बेल मेकर कीजिएगा तो बहुत सा थेम्बेल मेकर का आपको ऐप आप, आपको नजर आएगा ठीक है तो सबसे पहले आप अल्टीन इसमें है एक ऐप का नाम है अल्टीमेट थेम्बे मेकर ठीक है तो इसको आपको डाउनलोड करना है इसमें लिखा हुआ है ए, इसमें दो चीज़ें ठीक है अल्टीमेट मेकर एंड चैनल आर्ट मेकर ठीक है तो इसको मैं डाउनलोड है तो ओपन का ऑप्शन दे रहा है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं ठीक है तो उसको मैं कर लिया ओपन ओपन करवा मेरे इस ऐप में खोल रहा है मेरे मोबाइल में तो उसको ले लीजिए और यहाँ मेरा आप आपको सबसे पहले क्रिएट में जाने में क्रिएट में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस नहीं आएगा तो थेम्बिल का ऑप्शन क्या होता है थेम्बिल आपका सिक्सटीन पॉइंट नाइन में थेम्बल बन है ठीक है तो उसको मैं क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस स्टाफ सेंटर इंटरफेस आएगा आपको जिस बैकग्राउंड को लेना है तो उस बैकग्राउंड को ले सकते हैं तो हमको लेना है तो प्लेन बैकग्राउंड लूँगा जिसमें अच्छा लगे देखने पर तो हम यहाँ में लिखा हुआ है बरार ठीक है तो बरार बैकग्राउंड कर लेता हूँ मैं तो सी मोड़ पर जा देखता हूँ कि कितना बैकग्राउंड है तो यहाँ मुझे तो ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है तो व्हाइट वाला कपड़ा थेम्बल मैं लेने वाला हूँ ठीक है तो हो गया ये मेरा खुलने वाला है वाइट ग्राउंड ये मेरा वाइट बैकग्राउंड का टेप खुल गया ठीक है तो इसको मैं एक टिक पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा खुल गया तो इसको यहाँ कटिंग का ऑप्शन दे रहा है इसको कटिंग कर दीजिए ये मेरा इस तब के खुल गया तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्या कि ये आप बैकग्राउंड ओपन हो गया बैकग्राउंड ओपन होने के बाद इसमें आपको क्या करना है लिखना भी है और आपको जो अपना फोटो डालना है या कुछ भी डालना है तो उसको आप डाल सकते हैं तो हम अपना फोटो डाल रहा हूं मैं इमेज में इसमें इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है तो इमेज में ऑप्शन में जाकर इसको क्लिक करने के बाद आपको इसमें होता है यूजर कैमरा और यूजर गैलरी तो इसमें यूज गैलरी में जाकर हम अपना गैलरी से एक फोटो को डाउनलोड कर लेता हूं ठीक है यहाँ मेरा गैलरी का ऑप्शन गैलरी में ऑप्शन में जा कर इसको अपना फोटो को ले जाता हूँ ठीक है तो ये मेरा हो गया डाउनलोड में एक ये मेरा गैलरी में जाकर मेरे डाउनलोड में मेरा ऑप्शन है पेन पे फोटो डाउनलोड करना है आपको कोई भी फो फोटो है तो पेन कैसे किया जाता है पेन में तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन सा ऐप से या कैसे आपको पेन फ़ोटो को करना है ठीक है तो यहाँ मैं अपना फोटो को ले लेता हूँ फ़ोटो लेने के बाद मेरा आ गया इसको तो फ्रंट पर फ्रंट पर आने के बाद इसको मैं थोड़ा तो कटिंग करता हूँ थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है इतना बड़ा तो शो कर अच्छा नहीं लगता है इसको मैं छोटा कर दिया छोटा करने के बाद इसको टिक पर मार दिया तो टिक मारने के बाद इसको इस इस टाइप से आ गया थोड़ा सा वीडियो को को बड़ा करती, को बड़ा करती है, बड़ा फोटो करने के बाद स्टेप से आ गया। अब इसको क्या करना है तो टेक्स्ट पर करना है। टेक्स्ट पर करने के बाद हमको क्या करना है क्लिक कर देता हूँ कुछ वीडियो लिखना है जो आपको जो भी आप में लिख सकते हैं तो यहाँ बता रहा हूँ थम्बेल कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में हम बताने समझ में तो यहाँ में अपना थम्बेल में जो लिखना है लिख रहा मैं ठीक है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेक एच डी ठीक है मैक एच डी यहाँ लिख दिया मैंने लिखने के बाद यहाँ कर दिया मैंने सेट तो यहाँ सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा बैक ग्राउंड आप इसमें अपना चॉइस से इसमें बहुत चीज डाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ देखिए आपका बहुत चीज़ का ऑप्शन आता है इसमें कॉपी का ऑप्शन हो रहा है एडिट का ऑप्शन हो रहा है कलर का ऑप्शन हो रहा है फ्रंट का ऑप्शन हो रहा है इसमें जाके फ्रंट पर जाके दिखता हूँ मैं कौन सा बूको लगाना है कौन सा अच्छा लग रहा है तो ये मेरा ठीक लग रहा है ये मेरा कुछ ठीक लग रहा है तो इसको मैं लगा देता ठीक है तो इसको लगाने के बाद नहीं लग रहा है ये कुछ अच्छा लग रहा है इसको मिस कर दिया ठीक है करने के बाद इसको अब क्या लिखना है हमको इसमें टॉपिक लिखना है थे मोबाइल ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूँ थम्बेल थम्बेल मैंने लिख लिया थम्बेल लिखने के बाद फिर मैं इसको इसी टाइप से यहां लगा देता हूं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं छोटा करने के बाद इसको इस टाइप से इसको कर देता हूं आप इसको कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकते हैं और इसको फ्रंट चेंज करना है फ्रंट चेंज कैसे होता है अपना स्थापित से कर दीजिए अब मैं इसको थोड़ा इसको फ्रंट चेंज करता हूं देखो चलने अच्छा लग रहा है ये क्या थोड़ा तो फ्रंट चेंज ये कुछ ठीक लग रहा है लग रहा है तो इसको मैं करता हूं ये अब इसको बैकग्राउंड चेंज करना है तो पहले तो ऑप्शन होता है यहां पर यहां पर बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन करके इसको लाल भी कर देता हूं मैं ये कुछ ठीक लग रहा है इसको अब हो गया मेरा ये अब इसको क्या करना है कलर एंड स्पेस में जाकर इसको हमको वाइट कर देना है वाइट करने के बाद अब इसको क्या करना है एक और लिखना है मोबाइल यह कुछ इस से अच्छा लग रहा है अब यहाँ क्या उसको स्टीकर लगा सकते हैं तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ इसमें स्टिकर लगा रहा हूं कुछ इस टाइप से स्टिकर लगा रहा हूँ बहुत से ऑप्शन आ रहा है स्टिकर का तो यहाँ मुझे देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है तो उसको मैं स्टिकर को लगाता हूँ चलिए ये अच्छा लग रहा है ठीक है तो यहाँ मैं कुछ स्टेप से इंटरफेस नहीं रहा है तो उसको मैं यहाँ अपना यहाँ लगा दिया यहाँ लगाने के बाद कुछ से लग रहा है ठीक है तो अभी इसको मैं कुछ लिंक देता हूँ ठीक है तो उसको मैं लिख दिया मैं कह देता हूं छोटा तो कुछ स्टेप्स आ गया है अभी ठीक अच्छा लग रहा है आप खुद से बनाइएगा तो इससे अच्छा भी बना सकते हैं ठीक है ये तो मैंने आपको बता रहा था आप इसको डाउनलोड करना है तो इसको यहाँ पर जाके ऑयरों जाकर क्लिक कीजिए आपका ये थे आपका बनकर तैयार हो गया है अब अप इसको आपको गैलरी में सेव कर लीजिए ठीक है तो गैलरी में सेव करने के बाद आपको इसका कोई भी इसका लोगो आपका नजर नहीं आएगा कोई लोगो बताएगा भी नहीं ठीक है अब सीधे गैलरी में सेव कर लीजिए और अपना यूट्यूब चैंडल लगा दीजिए ठीक है तो आप इस टूडियो में आपको ऊपर ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको थंबनेल कैसे लगाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर को पता नहीं होता है छोटा मोटा यूट्यूबर होते हैं जो नया नया यूट्यूब खोलते हैं तो उसको बहुत सा पता नहीं होता है कि थैम्बेल हमको कैसे लगाना है तो आपको थंबनेल लगाने के लिए पता नहीं बताऊँ दूसरे वीडियो में अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गैलरी में मेरा सेव हो गया है कि नहीं हुआ तो आपको दिखा देता हूँ या देखिए ये मेरा आपका मेथाम गैलरी में सेव हो गया ठीक है मेरे वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू